हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको कॉइन लिस्ट की एंडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले हमको आपको इसमें मंथली आप 10 से पंद्रह हज़ार रुपये की इनकम कर बैठे कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी ईमेल के लिए आपको ईमेल आपको ऐसी बनाना है जिसमें आपको नंबर नहीं डालना है बिना नंबर की ईमेल बनाना अगर नंबर बना के डालोगे आप तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा ठीक है भाई तो मैं आपको ईमेल बनाने बताता हूँ मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले हम जीमेल में जाएंगे जीमेल में गए आप जीमेल पर जाने के लिए आपको सबसे पहले आपके अकाउंट में जाना पड़ेगा अकाउंट में जाने के लिए आपको एड अनादर अकाउंट में जाना पड़ेगा इसमें गए इसके बाद आपको गूगल ओपन करना होगा आपने गूगल ओपन किया मैं दोबारा से कर रहा हूं ये थोड़ी प्रॉब्लम के कारण ये बंद हो गया यहाँ आपके मोबाइल में पैटर्न होगा तो पैटर्न मांगेगा वो डाल देना आपको इसमें आपको ईमेल मेल या मोबाइल नंबर नहीं डालना है यहाँ पे देखेगा आपको ईमेल और फोन नंबर ये आपको नहीं डालना है फॉरगर्ड ई भी नहीं करना है आपको क्रिएट अकाउंट करना है न्यू अकाउंट बनाना है इसके लिए आप फिर है. गए, जाना है टू मैनेज माई बिजनेस इस पर जाना फिर आपको फर्स्ट नेम डालना कुछ भी डाल देना इसमें जी उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना है ठीक है उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो लास्ट टाइम ये आपने लास्ट नेम डाल दिया फिर आपको नेक्स्ट करना है आप में इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो कुछ भी यानी 18 साल से ऊपर होना चाहिए मैंने इसमें डाल दिया अगस्त जीरो एट उन्नीस सौ बनवे ठीक है इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है इसमें मैं मेल कर देता हूँ फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए इसको नेक्स्ट करने के बाद इसमें आपको कोई सा भी ई चुन लेना है आपकी ईमेल क्या बनाना है आपको इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना और फिर नेक्स्ट कर देना है इसमें पासपर्ट डालना है वो आपको हमेशा याद रखना है मैं पासपोर्ट डाल के बताऊंगा आपको इसमें आपको पासपर्ट डालना है जो आपको हमेशा याद रहे इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है करना करना है इसको yes, I in. Next करना है आपकी कम्प्लीट हो चुकी है बता दियो ना इस तरह से आपकी ईमेल कंप्लीट हो गई है